कल हंतानी हमरेआणी कुवाक्याम चाहौह्रदम कुरा जानता राष्ट्रणानी कुकर्मणानताम यशो नृणाम तो दर्शकों देखिए झगड़ों से परिवार टूट जाते सीधा सा इसका अर्थ है गलत शब्द के प्रयोग करने से दोस्ती आपकी टूट जाती है बुरे शासकों के कारण राष्ट्र का नाश होता है और बुरे काम करने से आपके द्वारा किया गया यश आपसे दूर भाग जाता है महाभारती को वंदन करते हुए आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे लखनऊ से आप सभी दर्शकों के समक्ष दिनांक 2 दिसंबर का दैनिक राशिफल दिन सोमवार का प्रस्तुत करने जा रहा हूं प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है आपकी चंद्र राशि के आधार पर आधारित है दर्शकों पंचांग पर पहले दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पांच अंग पंचांग के कौन कौन से हैं तो ये पांच अंग हैं तिथि वार नक्षत्र योग करण यदि इनमें से किसी भी एक अंग की न्यूनता रहेगी तो पंचांग पूर्ण नहीं हो सकता है पंचांग अपूर्ण कहलाएगा तो दर्शकों विक्रम संवत दो हज़ार संवत शख मार्च इस मास चल रही परिधामी नामक संवत्सर चल रहा है दो दिसंबर दिन सोमवार रहेगा। सूर्योदय होगा प्रातः शाम हो को पांच बजकर आठ मिनट पर दक्षिण आयन चल रहा है शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि षष्टी तिथि के बारे में दर्शकों हमने बताया था कि ब्रह्मा वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि नीम की दातुन या नीम की पत्तियों का सेवन नहीं करना चाहिए वही सप्तमी तिथि को आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए ताल का सेवन नहीं करना चाहिए का यदि आप सेवन करते हैं दर्शकों तो आपका धूमिल होता है आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है ऐसा हम नहीं कह रहे ब्रह्मा वर्ष पुराण कह रहा है नचत रहेगा श्रवण इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र रहे रहेगा करण रहेगा कौलो इसके उपरांत तैतिल और अंतिम करण रहेगा ये रहेगा गर करण योग रहेगा ध्रुव इसके उपरांत व्याख्यात योग रहेगा दर्शकों अशुभ काल पर आ जाते हैं राहु काल के ऊपर दृष्टि डाल लेते हैं आज का राहु काल क्या है तो प्रातः आठ बजे से लेकर के नौ बजकर अठारह मिनट का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा अशुभ समय होता है इस काल में शुभ कार्यों को करने की मनाही रहती है यदि आपको शुभ कार्यों को करना होगा तो कोशिश कीजिएगा कि अभिजीत मुहूर्त में करिएगा ग्यारह कर, मिनट से लेकर के बारह मिनट का जो मुहूर्त रहेगा यह अभिजीत मुहूर्त रहेगा चंद्रदेव मकर राशि में चलायमान रहेंगे सूर्यदेव सेनापति की राशि वृश्चिक राशि में चलायमान है दर्शकों दिशा की बात कर लेते हैं तो सोमवार को पूर्व दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए पूर्व दिशा की ओर बचकर के यात्रा करिएगा जाने से पहले दर्पण देख करके और कुछ मिश्री का सेवन करके कुछ मीठा खा करके तब घर से निकलिएगा पहले पश्चिम दिशा की ओर चार पक चलिएगा उसके बाद आपको पूर्व दिशा की ओर चलना रहेगा तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग अब बढ़ते हैं हम अपने राशिफल पर और राशिफल में हमारी जो पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लाभदायक रहेगा धर्म कर्म के प्रति आज निष्ठा रहेगी दान पूर्ण करने के अवसर सुलभ होंगे आज इनका लाभ आपको निकट भविष्य में भी किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलेगा कार व्यवसाय की स्थिति मध्यान्ह तक दयनीय रहेगी इसके बाद एक आध सौदे मिलने से आपके खर्च निकलने लायक हो जाएंगे तो कुल मिलाकर के यदि हम कंफ्यूज करें तो उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा व्यापार में आज आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है उत्तम धन लाभ आज आप पाएंगे व्यवसायी वर्ग के लिए आज का दिन काफी सुखद और सुरक्षित रहने वाला है, लेकिन घर की सुख शांति आपकी नियंत्रित नहीं रहेगी आपको अपनी वाड़ी पर नियंत्रण रखना रहेगा अन्यथा कोई बहुत बड़ी समस्या में आप फंस जाएंगे पेट संबंधी विकास आज संभव है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि दुर्गा जी के 32 नामों का आज आप लोग उच्चारण करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा पाँच वृषभ राशि के जातकों आज का दिन आपका मिलाजुला फल देने वाला है आज आप जिस कार्य को करने का मन बनाएंगे उसके आरंभ में पहले खराब सेहत बाधा डालेगी उसके बाद कार्य आरम्भ होने के बाद सरकारी अथवा अन्य आर्थिक कारणों से उस कार्य को आज आपको बीच में क्विट करना पड़ सकता है आज आपकी अनदेखी आपके उच्चाधिकारी करेंगे आज अपना हित साधने के लिए आपको नुकसान की परवाह नहीं करनी पड़ेगी धन को लेकर के आज कुछ ना कुछ समस्या लगी रहेगी सही समय पर कार्य पूर्ण न होने पर आज आपके जो है आगे के जो है रिश्ते प्रभावित होंगे आपके व्यवहार प्रभावित होंगे परिजन अथवा अन्य बाहरी व्यक्ति किसी बात का बदला बदलाव ले सकते हैं उपाय के तौर पर महामृत्युंजय मंत्र का एक सौ आठ बार आप लोग उच्चारण से से करके निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए भी रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन जैमिनी मिथुन राशि के जातकों तो आज का दिन कार्यों में सफलता दिलाने वाला रहेगा परंतु सफलता को धन के साथ न जोड़े अन्यथा दुखी होना पड़ेगा आर्थिक दृष्टिकोण से दिन पहले की तुलना में बेहतर रहेगा परंतु इसके लिए सहयोग की आवश्यकता भी पड़ेगी वैसे तो आज आप बड़ा ही व्यवहारिक रहेंगे लेकिन उच्च वर्गीय लोगों के साथ संपर्क में आज आपके अंदर का ईगो जागेगा अभिमान जागेगा जो कि आगे के लिए संबंधों में खटास ला सकता है कार्य क्षेत्र पर सहकारी सहयोग सरकारी सहयोग प्राप्त करने के लिए दिन उत्तम रहेगा प्रयास में कमी ना रखें अन्यथा आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे नौकरी वालों पर आज उच्चाधिकारी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे आज बहुत ज्यादा उत्सुक मत हुईगा क्योंकि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा स्वार्थ आपका निहित हो सकता है परिवार का वातावरण आज आपकी अनदेखी के कारण अशांत होगा तो सेहत में कुछ समय के लिए आज आपकी गिरावट आती हुई दिखाई पड़ रही उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा आज आप लोग शिव चालीसा का पाठ करिएगा शिव सहस्त्र नाम का भी पाठ आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा दूसरा आज आपको करना क्या रहेगा कि आज प्रातःकाल घर से निकलने से पूर्व तुलसी दल आप अपने मुंह में डाल करके निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात कर्क राशि कैंसर तो कर्क राशि के जात को आज का दिन संपन्नता कारक रहेगा दिन के आरंभिक भाग में किसी महत्वपूर्ण कार्य का निर्णय लेने में दुविधा होगी लेकिन परिजन अथवा अन्य किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन आज बाहर निकलेगा कार्य व्यवसाय में भाग्य का साथ मिलने पर प्रतिस्पर्धा के बाद भी संतोषजनक लाभ आज आप लोग पा सकते हैं धन के साथ ही अन्य सुख साधनों में भी वृद्धि होगी लेकिन ध्यान ये देना है कि आप छोटी मोटी बातों पर बहस करने से आपको बचना होगा अन्यथा भविष्य के लाभदायक आपके संबंध खराब हो सकते हैं नौकरी पैसा लोग अन्य लोगों से आज बेहतर कार्य करने पर सम्मानित होंगे परिजनों अथवा किसी नज़दीकी से उपहार या कोई एक्सपेंसिव भेंट आपको प्राप्त हो सकता है आ, घर में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर आज आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए आज आपको तो देखिए आज भैरव कवच का पाठ करिए और भगवान शिव को आज दुध से अभिषेक कराइए दूध से अभिषेक कराइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार सिंह राशि के जातकों के लिए आज आपके व्यक्तित्व में विकास होगा अधिकांश कार्यों को देखभाल करके ही जो है आज आप लोग जो है देखें अन्यथा आप लोग लॉस उठा जाएंगे घर अपने में मिठास लाइए अन्यथा आज आपकी वाड़ी के कारण आपकी वाड़ी में कड़वाहट के कारण किसी परिजन से आपका झगड़ा या बैर हो सकता है आज की स्थिति आपके जो है शाम तक की अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है काम धंधे से आज चालाकी से ही लाभ कमाया जा सकता है परंतु प्रलोभन से आज आपको बचना रहेगा पुराने व्यवसायिक संबंध आज किसी पार्टनर के साथ आपके खराब हो सकते हैं नौकरी करने वाले आज अपनी विद्या बुद्धि के बल से उन्नति पाएंगे सामाजिक क्षेत्र पर आज आप अत्यंत बुद्धिमान समझे जाएंगे परंतु घर में आज आपकी छवि कुटिल जैसी रहेगी घरेलू कामों की अनदेखी शांति फैला सकती है सेहत मानसिक परिश्रम अधिक रहने के कारण विपरीत रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें शुभ शास्त्र नाम का आप लोग पाठ भी कर सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा छ कन्या राशि के जातकों आज के दिन आपका उड व्यवहार हंसते हुए इंसान को भी रुला सकता है स्वभाव में कठोरता एवं रूखापन आपसी संबंधों को तो खराब करेगा ही करेगा साथ में धन संबंधी उलझने भी बढ़ाएगा जो व्यक्ति आपकी सहायता के लिए पहले से तैयार थे वो आज अचानक से जो है अपने पैर खींच लेंगे कार्य के ऊपर आज आपका धन जो है ज्यादा खर्च होगा जहाँ भी आप कार्य कर रहे होंगे वहाँ आज आपका पैसा अधिक खर्च होगा उधारी वालों से अतिरिक्त आज आपको परेशानी होगी किसी को आज कुछ उधार नहीं देना है आज विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बहुत ज्यादा रहेगा तो इन चीज़ों से आज आपको बचना वरना आज आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है नौकरी वाले लोग छोटी सी बात पर सहकर्मी अथवा अन्य व्यक्ति से भी भीड़ सकते हैं व्यवहार में नर्मिला है अन्यथा मानहानि के प्रबल योग बन रहे हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा देखिए सोमवार दिन रहेगा तो कोशिश आज, आज आपको यह करना रहेगा कि दूध का दान आप लोग धर्म स्थान पर करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार उच्चारण करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा येगा ये तुला राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन कैसा बीतेगा तो साहब आज का दिन संभावनाओं पर केंद्रित रहेगा जो लोग आज आपसे नजदीकी बनाए हुए हैं वो आपकी बेतुकी बातों से दूरी बना सकते हैं आज दिनचर्या को समान रखने के लिए आपको विवेकी की अधिक आवश्यकता रहेगी विशेषकर विपरीत लिंग से बात करते समय आज, आज परेशानी में डाल सकते हैं धन लाभ की संभावना दिन भर लगी रहेगी परंतु धन प्राप्ति के समय आज अचानक कुछ ना कुछ बाधा आ सकती है खर्च की तुलना में धन की आमद कम ही रहेगी परजनों से सलाह लेकर ही कोई बहुत बड़ा काम करिएगा शारीरिक कमजोरी कुछ आज आप लोग अनुभव कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रयास आपको ये करना रहेगा भगवान शिव पर शमी पत्र आपको चढ़ाना रहेगा शमी समयते पाप नाशम और गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का आपको अभिषेक करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक वही वृश्चिक राशि के जातको आज का दिन संतोषजनक रहेगा दैनिक कार्यों से समय निकाल पूजा पाठ धार्मिक यात्रा के लिए उपस्थित रहेंगे परोपकार की भावना भी आज आपकी रहेगी लेकिन जहाँ स्वार्थ दिखेगा वहीं दिखावे के लिए दान पुण्य करेंगे कार्य पर आज ज्यादा व्यवसाय नहीं रहेगा आज ले जा कर लाभ कमाने की नीति आप लोग अपनाएंगे तो इससे आपको तुरंत लाभ होगा आज उच्चाधिकारियों का आपको कार्यक्षेत्र में सहयोग प्राप्त होगा सहकर्मियों अथवा किसी बाहरी व्यक्तियों से नोकझोक होगी व्यर्थ के विवादों से बचिएगा अन्यथा अपने हित साधने आपको भारी पड़ेंगे घर में आंशिक अशांति रहेगी और कुछ काम जो है आज कुछ काम करने पर परिजन आपके उग्र हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा शिव चालीसा का आप लोग पाठ करिए दूसरा दर्शकों दूध में मिश्री डाल करके और महामृत्युंजय मंत्र से भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ सेजिटेरियस जी धनु राशि के जात को तो साहब आज दिन के आरंभ में ही मानसिक रूप से कुछ स्फूर्तिवान रहेंगे सेहत उत्तम रहने पर भी आज आलस से नहीं जाएगा दिनचर्या की जो है गति जो रहेगी धीमी होने पर मध्याहन बाद गंभीरता से कारकर जो है आज आप इन कमियों की भरपाई कर लेंगे आज आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें सफलता निश्चित रहेगी लेकिन कार्य आरंभ से पहले भ्रमित होने से बचें, अन्य किसी से मार्गदर्शन की अपेक्षा न रखें, वरना कुछ उल्टा ही होगा धन की में पिछले दिनों से सुधार होगा दैनिक खर्चे आसानी से निकल जाएंगे भविष्य के लिए संचय भी आज आप लोग कर सकते हैं नए व्यवसाय अथवा व्यवसाय विस्तार के लिए निवेश अत्यंत शुभ रहेगा घर के सदस्य कामना पूर्ति में विलम्ब होने पर गुस्सा करेंगे असंतुलित खान पान अथवा दिनचर्या नए रोग को जन्म दे सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा रुद्राष्टक का पाठ करिए और जल में शहद डालिए और भगवान भोलेनाथ को आप लोग अभिषेक करिए चावल का दान आप लोग धर्म स्थान पर या किसी महिला को दे सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज येलो कलर पीला रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो कैप्रिकॉन जी हाँ मकर राशि तो मकर राशि के जात को आज के दिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा परिस्थितियां आज हानिकारक बनी हुई हैं सही दिशा में जा रहा काम भी किसी की गलती से बिगड़ने की संभावनाएं रहेंगी कार व्यवसाय में आज किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नुकसान कराएगी धन को लेकर के दो पक्षों में खिंचातान की स्थिति बनी रहेगी धैर्य से काम लीजिएगा मामला अत्यधिक गंभीर हो सकता है किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में आज आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है कार्यस्थल पर सहकर्मियों का आज व्यवहार आपको थोड़ा सा जो है फील कराएगा। कह अखरेगा काम के के समय आज सभी आपको पीठ दिखाएंगे केवल घर के सदस्य ही कठिन परिस्थिति में आज आपका साथ देंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो दूध का मिश्री का चावल का दाम धर्म स्थान पर दीजिए दूसरा कोशिश यह करिएगा कि पके हुए चावल आज आप लोग कव्वो को जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा छे कुंभ राशि पर चलते हैं क्वाइट्स तो कुंभ राशि के जातकों लेकिन दर्शकों देखिए इतनी मेहनत से राशिफल बनता है उपाय बताते हैं तो एक आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में राम का नाम अर्थात जय श्री राम लिखेंगे और हमारे तरफ से भी प्रयास रहेगा कि आपके जो कमेंट है उसका प्रति भी मैं स्वयं दूँ तो आप लोग भी जय श्री राम लिखिए मैं भी जय श्री राम लिखता हूँ देखते हैं किसके में जो है कितना दम है कुंभ राशि के जात आज का दिन समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाएगा आज कुछ ना कुछ आज कुछ ना करने पर भी आज आपका व्यक्तित्व तो बढ़ा हुआ रहेगा थोड़ी सी प्रशंसा पाकर आज आपके अंदर अहम की भावना ईगो की भावना आ जाएगी अपने से छोटों को अहमियत नहीं देंगे जहाँ से स्वार्थ सिद्धि की संभावना रहेगी वहाँ चापलूसी करने से भी नहीं चुकेंगे लेकिन जहाँ पर आज आपको धन लाभ दिखेगा वहाँ पर आज आप लोग चापलूसी करेंगे आज अपने बुद्धि चातुर्य से लाभ कमाएंगे लेकिन किसी ना किसी कारण कुछ समय के लिए मन में अशांति बनेगी नौकरों अथवा सहकर्मियों पर ज्यादा दबाव डालने पर अकेले काम करने की नौबत आ सकती है ग्राहस्थ जीवन में आज आप लोग हास्य के पात्र बने रहेंगे वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा सेहत को लेकर के पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई पड़ रही उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो भैरव मंदिर में दूध का दान दीजिए दूसरा प्रयास ये करिए कि एक राहु का यंत्र अपने जेब में आज आप लोग जरूर रखिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि तो मीन राशि के जात को आज के दिन कुछ समय के लिए आपको स्वास्थ्य एवं अन्य घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ेगा दिन के आरंभिक और अंतिम भाग को छोड़ शेष में आज मानसिक उलझने लगी रहेंगी नौकरी अथवा व्यवसाय में सफलता हाथ आते आते निकल सकती है आज जिस कार्य को करने से दूर भागेंगे परिस्थिति बस उसी को करना पड़ेगा धन प्राप्ति के लिए किसी की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है आर्थिक लाभ थोड़ा बहुत ही होगा लेकिन होगा जरूर शाम के बाद उलझनों में कमी आने लगेगी महत्वपूर्ण काल आज के दिन आपको का आपके प्रति नर्म रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा शिव सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिए दूसरा दर्शकों ओम नम शिवाय मंत्र से भगवान भोलेनाथ पर जल में हल्दी कुमकुम डाल करके अभिषेक कर शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल दर्शकों कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव की ओर आ चुके हैं लेकिन जाते जाते जो भी हमारे सम्मानित दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और दर्शकों मिलते हैं अपने नए राशिफल के कार्यक्रम में दीजिए इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार आप सभी लोगों का दिन शुभ हो